तो मान समय में भारत का टेक्नोलॉजी दुनिया बहुत अपग्रेड होते जा रहा है जिसका वजह से हम लोग का लाइफ स्टाइल ईजी हो रहा है अब हम बात करने के लिए जा रहा हूँ रेलवे ट्रेन के बारे में चलिए वैसी चीजें कैसे एक सेलेन को होटेल आइटम का दबाई है, उसे एक चीज़ों सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है तो चिपकते कितने समय में थाटी पागल कर देगा? ना जाम बात बहुत है और ये बहुत बहुत दिक्कत है और और क्या क्या है जानने के लिए अब मेरे साथ भले रहिए ये कुछ देखते रहिए ya yo go this part this this kita मोबाइल इसकी मदद से आप एक्सरसाइज करने का टाइम में कितना किलोवीट बर्न हुआ है आपका हब्बिट कित, हबिट कितना सारा था वो तो मलम कर जाता है